कृषि मंत्री कमल पटेल खेल मैदान में, में मजे हुए क्रिकेटर के रूप में नजर आए हरदा में क्रिकेट मैच का शुभारंभ करने गए कमल पटेल ने मैदान में, में जमकर चौके और छक्के लगाए राजनीति और खेल अलग अलग विषय होते हैं, क्षेत्र भी अलग होते हैं लेकिन मजा हुआ राजनीतिक व्यक्ति जब क्रिकेट जैसे खेल में पिच पर आकर अपने हाथ आजमाए तो वो आश्चर्य का विषय बन जाता है ऐसा ही कुछ हरदा जिले की खिड़किया तहसील के खेल ग्राउंड पर देखने को मिला प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल बाकायदा मैदान में उतरे और पिच पर बल्ला लेकर चौके छक्के मारना शुरू कर दिए मौका था चतुर्थ वर्ष सिटी इलेवन क्लब के तत्वाधान में कमल फैंस क्लब द्वारा हाई स्कूल ग्राउंड में क्रिकेट प्रतियोगिता का क्रिकेट के मैदान पर कमल पटेल एक मजे हुए क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में नजर आए संगीत की सोलहरियों ऐसी सांस्कृतिक ताने पाने तक चंबल के पीड़ो ऐसी नक्सलवादियों के गढ़